नहीं देखे जा रहे हैं उसके साथ ही सर पैंड के बाद से अनएम्प्लॉयमेंट राइस uh, पे है बहुत और उसके साथ, साथ पॉवर्टी का इनक्रीज होना और फिर क्लाइमेट चेंज भी सर वन ऑफ द सोशल इश्यूज बन गया है बहुत है बहुत mm -hmm. आप कम्युनल राइट्स के बारे में बात कर रही कम्युनल राइट्स क्यों हो रहे हैं भारत में सर सर आई थिंक जैसे कि इंडिया एक बहुत ही यूनिक कंट्री है यहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स पाए जाते हैं तो सर ये सब जो इंसिडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं मल्टी मल्टीप्लूरल कंट्री में होना थोड़ा कॉमन हो जाता है क्योंकि जब कोई एक ग्रुप अपने प्रकट करते तो शायद दूसरा ग्रुप टॉयरेंट ना होने के या फिर आ, उस चीज को गलत समझ के फिर शायद वो रिएक्ट कर देता है सर सब हाँ सर ये बताइए बोलेंगे इसको जो भी चल रहा है नहीं सर राइट्स नहीं बोले थे कम्यूनल इशूज हो रहे हैं सर राइट्स इसको भी चल रहा है जो सर कहीं ना कहीं कह सकते हैं सर कहीं ना कहीं नहीं मैं निकेता आपसे क्लियर जानना चाह जान। रहा हूँ एक अधिकारी ऐसे थोड़ी कहेगा कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है समाज शास्त्र भी आप समाजशास्त्र पढ़ा है तो इसको क्रिमिनल इश्यूज में रखेंगे या कुछ और इश्यू कहेंगे आप इसको कम्युनल बोलते किसको है सांप्रदायिकता बोलते किसको है सर जब uh, कम्युनिज्म कम, बेसिकली है सर कि जब uh, बहुत सारी डिफरेंसेस और जब सर वो डिफरेंगेंट uh, मतलब हो, हो जाता है तब सर वो तो आगे, आगे प्रॉब्लम एक, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट हो रहे हैं नहीं सर आई वु रिडेक सर जब सोचा जाए इस चीज को सर तो मेजर uh, नहीं है यस uh, सर yes क्योंकि और भी सारे सोशल इश्यूज हैं जो मतलब अगर जैसे कि हाल ही में अगर देखा जाए सर अगर कोई भी फ्रीडम फ्रीडम स्पीच के तहत या कुछ भी uh, अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने के तहत अगर वो कोई कुछ बोल रहा है तो उससे कम्यूनल इश्यूज नहीं होने चाहिए तो आप यानी की जो महिला नेत्री है भाजपा की उनका समर्थन कर रही नहीं सर वो समर्थन नहीं, नहीं सर है? नहीं सर वो समझता नहीं हुआ है क्योंकि सर हर एक कंट्री में अलग अलग लॉज है, या है, हर को अलग -अलग है जाने अगर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच देती है तो उसके साथ ही सर बहुत सारे ये उसपे रिस्ट्रिक्शंस है अगर सर किसी ने कुछ गलत बोला है तो उसका लॉ एक तरीका है टू डील इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन देखिए उससे आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है अगर सर uh, कहीं ना कहीं इन लोगों के पास अगर प्रॉपर स्टेबल इकोनॉमिक सिक्योरिटी रहे, रहे तो इतने, इतने पार्ट ना ले सर अगर लेकिन सोशोलॉजिकली हम लोग देखें सर तो ये सब सर लिंक्ड होते हैं देर जब, ये हो जाते, जब इनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी या इकोनॉमिक सिक्योरिटी कवर नहीं होता है तो, तो हम नहीं लोग नहीं होता फिर तो रोजाना उनको सड़कों पे होना चाहिए अभी क्यों सड़कों हाँ। पे सर वा, एक एक वा, वो क्रैक और द तो सोसाइटी में एक होता है ना कि एक क्रैक दिख गया तो उसके बाद उसको इशू बनाना बट आई थिंक सर लेकिन तो भी बात फ्राइडे को की थी आज क्यों नहीं हो रहा इंप्रोटेस्ट फ्राइडे भी होशिया गया <laughs> फ्राइडे को ही फिर क्यों होए आपके प्रोटेस्ट आज भी हो सकते थे प्रोटेस्ट और फिर हाँ सर फ्राइडे ही क्यों इसको अगर आपको लग रहा प्रॉब्लम तो सर मतलब आंसर जो आप, जो, जो आप मेरा प्रश्न ये है कि फिर फ्राइडे को ही क्यों प्रोटेस्ट हुए मंडे को क्यों नहीं ट्यूसडे को क्यों नहीं सर क्योंकि ये दूसरे रिलीजियस ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट डे था so, इसलिए तो यानी कि बेरोजगारी नहीं नहीं करता करता है है आपने एंगल दे रही को। सर हाँ, फैक्टर बट अगर जो भी जो भी रिलीजियस के लोग में पार्ट ले रहे हैं हाँ। उनका उनका भी कहने साउंड सिक्योरिटी होती तो, तो मतलब होते, होते वो को पे नहीं होते। सर शायद कम होता सर एक सर एक पॉइंट ऑफ व्यू है आपसे पूछता हूँ आप इसको मानती है ईश्वर को मानती हैं आप जी सर आस्था है आपकी ईश्वर में जी सर किस ईश्वर को आप मानती हैं? सर ऐसे तो शिवजी को शिव शिव के आपको करती है, है आप इकोनॉमिकल सिक्योरिटी गवर्नमेंट आपको देती है और उधर आपका क्या होता है शिव का अपमान गवर्नमेंट करती है मान लो कोई व्यक्ति करता है मान लो मैं शिव का कुछ इंसल्ट करूँ मैं बदले में आपको कहूँ कि निकिता मुझसे दस लाख भी, भी ले लो और शिव का मैं अपमान कर रहा हूँ आप स्वीकार करेंगे इस बात को सर जैसे कि वो लाख वाला बात मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको शिव का अपमान करता हूँ और निकिता निकेता निकिता मुझसे दस लाख भी, भी ले, ले लीजिए और शिव का जो मैंने अपमान किया उसको बर्गात कर लीजिए तो निकेता करेंगी ऐसा? सर, तो पैसा तो नहीं और... तो फिर आपकी बात जस्टिफाई तो नहीं हो पाई Religious matter में कर कर जाएगी निकिता? जैसे जैसे कि कि मतलब नहीं एक uh, हम लोग uh, थे, सर सर the... hmm. अच्छा मेजर कॉजेज ऑफ ऑफ द था ये की uh, जो लोग डिस होते हैं गवर्नमेंट से तो उनका वन ऑफ द एवेन्यूज होता है ये थ्योरी लागू हो आपको बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सीए के बारे में आप बोल सकती है ऐसा की लोगो को बहाना चाहिए होता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े होने का लेकिन रिलीजियस मैटर में आप इस प्रकार की बात कैसे बोल पाएंगे रिलीजियस मेटर थोड़ा अलग होता है वो हमारे सेंटीमेंटल से जुड़ा होता है पैसा लेकर भी उसको नहीं कर सकते आप फ्राइडे <coughs> की जुम्मे की नमाज हो रही है आप वहां पर डिप्टी एस पी जी सर फ्राइडे की नमाज भी नमाज के बाद पत्थरबाजी शुरू होती है, इस सर। होती है। सर। और आप डिप्टी एस पी जी सर क्या करेंगे आप सर सबसे पहले जितने भी मेरे सबॉर्डिनेट uh, ऑफिसर्स uh, रहेंगे uh, सबसे पहले उनको बोला जाएगा कि uh, भीड़ को अलग करने के लिए और जो लोग uh, पत्थरबाजी में इन्वॉल्व है उनको सर पहले समझाया जाएगा वार्निंग दी जाएगी uh, समझाया जाएगा इन द सेंस कि उस समय तो सर पहले शांत किया जाएगा क्राउड uh, को और सर उसके बाद उनको वार्निंग दी जाएगी कि अगर वो लोग uh, पुलिस की बात ना माने तो उन पर लीगल एक्शन हो सकता है Uh, क्योंकि uh, हर चीज का वीडियो uh, बनता है uh, ये चीज कोर्ट में जा सकती है उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा सर उनको ये समझाया जाएगा अगर उसके बाद भी uh, सर वो ना माने तो फिर जो uh, अलग अगला लीगल एक्शन होगा कि उनको जो सीआर आईपीसी uh, के तहत uh, उनको गिरफ्तार करना गिरफ्तारी करने के लिए बल का प्रयोग करेंगे आप सर आ, आ, नो सर सर सर नो सब जितना भी अवॉइड अवॉइड हो सकता है सर, उस चीज को किया जाएगा ओके okay. और नेक्स्ट जाकर अगर आप बुलडोजर लेके जाती हैं जो आरोपी था तो उसका घर गिरा देती हैं ऐसा करेंगे आप सर ऐसे बुलडोजर लेके किसी आरोपी का घर तो नहीं गिराएंगे सर मतलब यानी अभी जो गोमेंट कर रही है आप कह रही है नहीं सर वो उनके पास एक प्रॉपर ऑर्डर है और रीजन है कि ये चीज क्यों हटाया जाएगा अगर एक दिन पहले किसी को गिरफ्तार किया जाता और एक दिन में होता है कि ये इनिगल हो गया कंसेप्शन रातों रात में इनलीगल हो गया वो कंसेप्शन में बुलडोजर से गिरा दिया गया मैं तो जो मेटर की बात कर रहा हूँ किसकी बात सर प्रयागराज वाले मेटर की बात कर जी जी जी सर जो उस समय गवर्नमेंट का डायरेक्शन होगा सर वही फॉलो होगा क्योंकि उन्होंने प्रोसेस ऑफ ऑफ लॉ फॉलो फॉलो किया किया होगा अबाउट इन्वेस्टिगेशन द प्लेस एंड एवरीथिंग तो सर वो चीज आप अगर मान लीजिए उस जगह पे अगर अगर तो नहीं है सर तो आप है या नहीं है? सर, अगर देखा जाए तो सर उस उस समय मेरे पास uh, कोई अलग रास्ता भी नहीं होगा unless until, uh, अगर हम अपने सुपीरियर ऑफिसर से बात करें या कुछ अगर वो रास्ता अवेलेबल नहीं है सर। क्या ना ड्यूटी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जाना चाहता है अखबार पढ़ा पढ़ा पढ़ा पढ़ा था था। था? था। आपने आज क्या? आज नहीं था? कल का का सर नहीं कल संघ में कुछ हुआ है अभी? मेजर। यूएन uh, में सर? जी. सर uh, uh, uh, सर जी। कुछ ऐसा चार्टर पास हुआ है जिसमें हिंदी को भी एज ए लैंग्वेज एक्सेप्ट किया जाने की बात की जा रही है हो गया ठीक है ना अच्छा हो गया हिंदी के बंगला और उर्दू बंगला और उर्दू ठीक है जी सेवन की तर्ज पर जी एट की तर्ज पर रशिया ने भी जी एट की बात की है कि हम भी जी एट बनाएंगे ठीक है सर आपको क्या लगता है कि अगर रशिया ऐसा कोई ग्रुप बनाएगा G7 G8 के तर्ज पर अपना G8 नया बनाएगा तो क्या भारत उसका पार्ट बनेगा, uh, yes, sir, बनेगा. क्यों सर क्योंकि सबसे पहले <coughs> रशिया इंडिया का वन ऑफ दस्ट फ्रेंड कह सकते हैं हम लोग ओल्डेस्ट पार्टनर कह सकते हैं इन ऑल एस्पेक्ट और सर इंडिया अभी एक ऐसे टाइट रोप पे चल रहा है कि व्हेन uh, रशिया जब रशिया और यूएस के साथ रशिया और यूएस के रिलेशन जब बिगड़ रहे हैं तो इंडिया फोकस कर रहा है कि इंडिविजुअल रिलेशन पे फोकस कर रहा है जैसे कि इंडिया और रशिया का रिलेशन uh, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ये इंश्योर कर रहा है कि बाकी कंट्रीज के रिलेशन उस पर अफेक्ट ना करे तो uh, सर, being a sovereign nation, I think, uh, plausible है इंडिया के लिए रशिया uh, uh, करना ताकि वो अपने options को और डाइवर्सिफाई कर सके इंडिया अगर तो आप जी के बारे में जानते नहीं हो क्यों बन रहा है क्यों नहीं बन रहा है उसको जानने वगैरह इंडिया का हाँ, समर्थन कर दे रही हाँ पर इंडिया होगा ऐसा कहना बात सही है आपकी सर इसकी जो जीएड जी की जीएड के बारे में जो रशिया का का का वो वो हमको नहीं है आ, बट अगर आ, हाँ सर सर सर इससे तब सॉरी कि ग्रुपिंग इसीलिए ये ये आंसर इंडिया तो तो नेशनल इंटरेस्ट देख के बनेगा ना तो किसी का बन जाएगा जी जवाब फाइनल हुआ उसने तो बहुत से ऐसे ग्रुप है जिसमें इंडिया पार्ट नहीं है रशिया चाइना पार्ट है हाँ। अभी तो आपसे सर सर सर बात करेंगे किस थैंक यू कितना कैसे सर हाँ, आपकी आवाज हेलो uh, uh, हाँ मेरी आवाज पहुंच रही है सर हाँ, अब आ रही है। अब आ रही रही है है कैसी हैं सब बिल्कुल अच्छे हैं ठीक है। आपने प्राथमिकताएं क्या दी हैं? सर सर पहला पहला बिहार बिहार पुलिस सर्विस डी वही दिए हैं और आ, सर जो बाकी, जो बाकी पोस्ट प्रेफरेंस है वो सर हमको आ, बात करना था क्योंकि अठारह को इंटरव्यू है तो सर उसका जो नीचे जितना होना चाहिए सर उसके बारे में उतना आइडिया नहीं है तो सर उसका वही रिसर्च कर रहे थे किता डिप्टी डिप्टी एसपी ही क्यों फर्स्ट uh, ऐसा, ऐसा पुलिस, पुलिस uh, तो इट इज देश पब्लिक ने और सर uh, ऐसा ऐसा ये भी लगता है कि इन बिहार पुलिस सर्विस गिव इन ऑल माई ट्रेड सीखा है पा रही हैं के लिए. जी, कुछ uh, सर. दूसरा सर डिसनेस uh, डिस और सर टेक्नो uh, फ्रेंडली है सर uh, और आगे है कि है कि डेडिकेटेड सर चलिए अच्छी बात है आपने सोशियोलॉजी है एज ए ऑप्शनल जी सर टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजी बता सकती हैं है यस सर यस सर बताइए सर uh, जैसे एक हो गया हिस्टोरिक सोशियोलॉजी एक हो गया इकोनॉमिक सोशोलॉजी uh, एक हो गया सर रिलीजन सोशियोलॉजी और सर याद नहीं फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है सर फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है एमिल को अच्छा क्यों सर सर सर सर क्योंकि he was one of the of classical sociology, उन्होंने उन्होंने उन्होंने बहुत जब sociology की जब growth होना start हुई तो sir, उन्होंने, uh, sociology को एक अलग अलग अलग सोशोलॉजी के रूप में उसे लाया और बाकी सब्जेक्ट से डिस्टिंग किया मुझे लगता है अगस्त कॉम्प ने ऐसा किया था सर अगस्त कॉम्पे सर लेकिन डरखीम को माना जाता है कि सर उस समय जो सोशियोलॉजी को एक्सिस्ट जो क्राइसिस हो रही थी एक्जिस्टेंस की क्योंकि उसे कंपेयर किया जा रहा था कि बाकी जो भी ह्यूमैनिटीज की सब्जेक्ट है ये सेम है सोशियोलॉजी भी और सर तो डरखीम ने बहुत सारे ऐसे जैसे कि जो भी पॉजिटिव पॉजिटिविज्म को सपोर्ट करना और साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करके उन्होंने सोशोलॉजी को एक अलग वो दिया था जैसे कि उनकी जो स्टडीज है सुसाइड की पता चलता है कि वो सोशियोलॉजी को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में लाना चाहते थे क्या है? सर, सर आपका आवाज नहीं आया सर अभी जो बोले पॉजिटिविज्म की चर्चा की पॉजिटिविज्म क्या है हाँ सर पॉजिटिविज्म है कि जो नेचुरल साइंस में जो हम लोग यूज करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन या वेरिफिकेशन फिर उसको हम लोग कंक्लूजन लाते हैं ताकि हमें जनरल लॉ मिले पॉजिटिव कहता है कि sociology में भी हमें वही करना चाहिए आपने मार्क्स को पढ़ा होगा तो जी में... सर जी सर मार्क्स कौन कौन सी थ्योरी पढ़नी है आपको uh, सर उनकी जो uh, मटेरियलिज्म की थ्योरी है वो है सर एलिनेशन uh, की थ्योरी है और हाँ, सर सर यस को इकोनॉमिक डिटरमिनेंट्स कहा जाता है जी सर ठीक है आप हैं जी सर अच्छा ऐसा क्यों है सर, क्यों क्यों है सर क्योंकि जी सर सर क्योंकि अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स जो मेजर चेंजेस होते हैं सोसाइटी में या किसी भी चीज का कारण वो इकोनॉमी या मटीरियल चेंजेस को देते थे और वो जो बाकी सारे फैक्टर्स हैं जैसे रिलीजन फैमिली ये सब उसको वो सेकेंडरी फैक्टर मानते थे वो पहले हर चीज को इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे इसीलिए सर उन्हें economy, uh, economic determinist कहा गया था कुछ इंडियन के नाम बता सकती सोशल जी सर सर एम एन एस श्रीनिवास जी एस घोरे ईरावती कार्वे और श्रीनिवास का कार्य क्षेत्र क्या रहा है एम एन एस श्रीनिवास जाने जाते हैं अपने विलेज स्टडी के लिए आ, इंडिया में आ, और आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्होंने काफी विलेज स्टडीज की थी और कास्ट सिस्टम पे बहुत सारे व्यूज लाए थे और बहुत सारे टर्म्स सोशियोलॉजी में इंट्रोड्यूस किए थे सर उनका एक है, जी सर बता सकती है जी सर सर सेंटाइजेशन एक कल्चरल चेंज है जब सर एक लोअर कास्ट अपने सर एक लोअर कास्ट कास्ट अपर के बिहेवियरियल एस्पेक्ट्स को कॉपी करता है टू चेंज तो नहीं लाता है ये बस कल्चरल चेंज लाता है उस कास्ट के तहत चलिए अच्छी बात है ट पार्सन को भी पढ़ा होगा आपने जी सर। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बताया था इन्होंने। फंक्शन जी सर कुछ बता सकती हैं सर। अकॉर्डिंग uh, टू uh, सर वो कहते थे कि सोसाइटी uh, में जितने भी सारे इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी सारे स्ट्रक्चर हैं सबके अलग अलग फंक्शन हैं और जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती जाएगी इनकी फंक्शन भी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी सर और uh, मतलब uh, उनका ये था कि सोसाइटी में सर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर है सोसायटी और वो सब uh, जैसे कि वो सब पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन फंक्शनिंग ऑफ द सोसायटी सोशियोलॉजी में आपने हिंदू विवाह के बारे में पढ़ा होगा जी सर कितने तरह के विवाह सोशियोलॉजी में सर हिंदू हिंदू के तहत सर आठ आठ प्रकार प्रकार के प्रकार के विवाह होते हैं प्रचलित विवाह कौन से हैं सर एक एक याद आ रहा है गांधर्व विवाह जो जिसको लव मैरिज भी कहते हैं ये प्रचलित है समाज में सर अभी, अभी तो इट इज इट इज़ ऑन सर आ, सर सर सर सर मतलब जैसे-जैसे इंडिविजुअल्स है है है तो तो इसको भी देखा जा रहा और बाकी सर, अगर, बाकी अगर तो याद नहीं की भाषा में बताइए विवाह कहते किसे हैं मैरिज कहा जाता है कि इट इज सोशलीबल और एक ऐसा यूनियन ऑफ टू अडल्टिच Uh, two adults to uh, make a family and reproduce children. Sir, जो डिस तो ऐसा ऐसा नहीं लगता है आपको हैं, तो ऐसा नहीं लगता है समाप्त समाप तो हम नहीं कह सकते है क्यूँकी सर मैरिज का भी अपना एक स्टैंड लोन मतलब एक फंक्शन है सोसाइटी में तो सर समाप्त तो हम नहीं कह सकते हैं बट हाँ ये कह सकते ट्रांसफॉर्म हो रही है हमारी जुडिशियरी जब इस तरह निर्णय दे रही है या इस तरह के कुछ मतलब संशोधन आ रहे हैं जुडिशियरी द्वारा एडवाइस दिया जा रहा है उसे तो इसे आप किस रूप में देखती हैं ऐसा नहीं लगता है कि बिना अच्छा आपको ऐसा नहीं लगता है की जुडिशियरी ने जैसा की अभी जो एडवाइस दिया है मेरिटल रेप को लेके ठीक है इस नामक संस्था पर बुरा असर पड़ेगा।, तो पड़ेगा सर सर सर असर तो पड़ेगा क्योंकि इसको ठीक से जवाब दे पाएंगे अभी अच्छा चलिए कोई बात नहीं है चलिए आपका इंटरव्यू निकिता यहीं समाप्त करते हैं निपुन सर इनका रिव्यू क्या है ने कैसा लगा आप उसको सर अच्छे से ब्रश अप करना चाहिए बहुत बढ़िया देखो निकिता आपका कॉन्फिडेंस गुड बढ़िया है आप बॉल भी अच्छा रही हैं आपकी आवाज में भी है कि हाँ आप कॉन्फिडेंटली रही हो है ना लेकिन दो तीन मेरे सजेशन आपको रहेंगे एक तो बास्केटबॉल का जो मैंने क्वेश्चन आपसे जैसे करे तो आपकी हॉबी है तो हॉबी में ये क्या काम नहीं चलेगा की मैं टेंथ ट्वेल्थ में खेली हूं तो उतना ही ध्यान अच्छा। है आपको उसका पूरा पता होना चाहिए है ना ये आपको रिपोर्टिंग मिल जाएगा निकिता सब सुन लीजिएगा। फर्स्ट है ना अपने इस पर काम कीजिएगा दूसरा जब आप बात कर रही थी मैं आपसे बात कर रहा था जो भी स्टोन वगैरह हो, हो रही थी या जो देखने को मिले, तो मुझे ऐसा फील होने की था कि आप एक खास धर्म से कुछ आपके अंदर पूर्वाग्रह है बायस है या आप इस तरह की भाषा जो बोल रही थी उससे मुझे ऐसा लगा कि आप उस रिलीजन के प्रति उतनी ज्यादा सोफ नहीं है आपने क्या इन लोगों को इन लोगों को इस तरह के शब्दों का अगर प्रयोग करोगे तो तो कॉमन शब्द हो गया बेटा जो लोग थोड़ा सा हे, हेट करते हैं उस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं आपको ऐसी भाषा संवैधानिक भाषा का आपको प्रयोग करना है कि खास समुदाय या एक वर्ग के द्वारा इस प्रकार के प्रोटेस्ट हो रहे हैं और आप ये कहते हैं कि सबके सब ऐसे है जिनके पास में खाने को नहीं है इकोनॉमिकल क्राइसिस इकोनॉमिकल सिक्योरिटी है वो सड़कों पर है तो फिर तो रोज होने चाहिए आप उनके रिलीजियस हर्ट को आप बोल दे रहे हैं कि उसको ऐसे, उसको एक अलग एंगल से आप उत्तर देना चाहिए था है ना? दूसरा निकेता अगर ऐसे प्रश्न में आपको लगता है कि मैं फंस सकती हूँ या मैं परेशान हो सकती हूँ डिस्टर्ब हो सकती हूँ तो उसमें क्विट करना बेटर रहता है कि मैं इस कुछ भी कह के निकलिए लेकिन जल्द से जल्द बाहर निकलिए क्योंकि आप वहां पूरा ट्रैप में आ चुकी थी जब मैंने आपसे शिव के बारे में बात की तो आप एकदम से आपने बोल दिया तो आपकी कही गई पहली बात फिर आप उससे बचाव कर रही हैं कि है थ्योरी की बात की लेकिन वो थ्योरी अप्लाई कहां पर होगी तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना आपने सोच लोज पढ़ी तो कहीं अप्लाई थोड़ी ना कर देंगे कोई भी थ्योरी गेट वन पॉइंट तो इस प्रकार के शब्दों से तो एकदम तो दूर जाना है अब आपने कहा आपका क्या कॉन्स्टिट्यूशन तो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मेरे को कहता है कि मुझे अपने ऑफिसर्स की बात माननी है मुझे ड्यूटी फॉलो करनी है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात कहां से आ गई भाई आपकी ड्यूटी जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनली है ना तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या कहता है कि जो आपको ऊपर से ऑर्डर आएगा आपको उसको फॉलो करना है बात खत्म हो गई यहाँ पर आया ना आपको ड्यूटी भी तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बता रहे ना निकेता मेरी सुन रहे हैं बेटा यस yes सिर्फ नो no, बोलिए माइक को नजदीक कीजिए यस यस यस सर सर सर तो आपको बात करनी थी फिर अभी आप से सुरेंद्र सर बात कर रहे थे तो आपने किसी वेस्टर्न थिंकर की आपने परिवार की yes, की क्या भारत में भी इसको एक सोशल कॉन्टेक्ट माना जाता है भारतीय संस्कृति में यहाँ तो संस्कार माना जाता है हाँ, तो आपने सोशलॉजी पढ़ी और आपने एक थिंकर की डेफिनेशन अपने परिवार की बता दी विवाह की बता दी तो ये तो इनकम्प्लीट हो गई ना आप इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग बात करेंगे ना कि सर काफी सारे समुदाय हैं जहां पर विवाह की अगर अलग अलग बात की जाती है अलग अलग परिभाषित जाती है लेकिन इंडियन अगर हम इंडियन बात करते हैं तो इंडिया में विवाह को एक संस्कार माना जाता है ठीक है सर तो परिवार खत्म नहीं हो सकता क्योंकि परिवार में ये हमारे जो संस्कार होते हैं हिंदू सभ्यता में जो मयर सोसाइटी है वो संस्कार की तरह वो कैसे खत्म हो जाएगा हाँ तो उसमें क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं वो जिस प्रकार की हो जाती इस तरह तो से उत्तर दीजिए जो आप समाजशास्त्र के लगे हैं आपकी बात आप समाजशास्त्र पढ़ी हैं लेकिन बस थ्योरी को अप्लाई करना नहीं आपको आया चीजों ठीक ठीक ठीक ठीक। तो का आपको ध्यान रखना है और रक्षा अच्छा को आपका इंटरव्यू है थोड़ा करंट अफेयर्स को देखेगा जैसे मैं आपसे पूछा रक्षा के बारे में बात हुई आपसे वहां हुई बातें आपसे तो आपने कहा तो आपको ये कहना चाहिए था जो मैंने आपको बोली दिया उस समय है ना के संगठन के बारे आपको पता है पहले से क्यों अनुमान लगा दे रही है ना सावधानी से वो मैंने जानबूझ के आपसे पूछा था कि देखो ये क्या जवाब देती है निकिता ठीक है ना तो बोर्ड कई बार ऐसा करता है तो आपको बहुत सावधान वो 20 पच्चीस में बेटा आपको बहुत ही माइंड को ओपन रखना है कॉन्फिडेंस का है प्रेजेंट ऑफ माइंड का आपका इंटरव्यू है नॉलेज लैक करेंगे कोई दिक्कत नहीं लेकिन गलत बोलेंगे तो दिक्कत है सोरी भी एक बड़ा शानदार उत्तर होता है निकेता हाँ सर और आप एक बहुत अच्छी कैंडिडेट हैं अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है आप आप अच्छे इंटरव्यू में नंबर ले सकती हैं रीजन बहुत अच्छी कॉन्फिडेंट गर्ल कॉन्फिडेंटली आप बात कर रही हैं ठीक है बहुत शुभकामनाएं आपको और सुरेंद्र सर को आप सुनिएगा सर उसपे थोड़ा काम कीजिए जी और बोलने से पहले बोर्ड मेंबर आपको कोई सलाह देते हैं या आपके आंसर्स आंसर तो उसको ना नहीं ठीक है जैसे कि आपने फादर ऑफ बताया को हम्म ठीक, ठीक है ये टोटली रॉन्ग आंसर है ठीक है है ना नहीं वो वर्ड किया सब्जेक्ट सो से अलग किया। ठीक है उनके कुछ कंट्रीब्यूशन है उनको बोर्ड यदि आपको इंटर्फेर, आपको इंटरफियर करता है तो आप उस पे रिजीड ना रहें ठीक है ठीक है सर सर आप उस बोर्ड को काटने की कोशिश न करें और जैसा कि सर ने कहा अभी आप वेस्टर्न वो मलनौस की किसकी बात कही थी आपके तो हाँ, बारे में आपने ठीक है तो इन सब चर्चा से बचे चूँकि आप हाँ आप जहाँ जिस सोसाइटी में रहती हैं वहाँ इस तरह ये एक सोशल कॉन्ट्रेक्ट नहीं है ठीक, है ठीक है तो इन सब इशूज पे थोड़ा ध्यान देंगे बहुत बढ़िया है है है ना का आपका अच्छा है, तो ओवरऑल ठीक है बाकी इशूज को इरेज कर लेंगी तो आपका बढ़िया रहेगा ठीक है ऑल द बेस्ट अपना वीडियो और माइक ऑफ कर लीजिए हमारी आज की अगली कैंडिडेट है श्वेता उनके साथ जुड़ी हुई है श्वेता आपना